दोस्तों इस वीडियो में ये वाली बुक रहेगी नीबू मिर्ची ठीक है बुक का नाम है एक तारीख से इकतीस तारीख पूरी मासिक बुक इस वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है बस डेट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि पीडीएफ में ऐसा होता है तो ये नीचे से चलते हैं एक और दो तारीख़ के जो चांस निकल चुके हैं उनको आप पासिंग मिलाना अपन रनिंग वीक से चलते हैं तो ये सात तारीख का तीन दो चार की लाइन थी ये मैंने डाला था यूट्यूब पर ठीक है इसके बाद ये जो चांस हैं आपके शनिवार रविवार जिन मार्केट में चलता है एक तीन छः ठीक है पंद्रह तारीख में चौदह तारीख में दिया हुआ है दो चार जीरो पंद्रह तारीख में तीन पाँच आठ है और सोलह तारीख में चार नौ दो है सिर्फ दो दो पैनल हैं एक अंक के और एक जोड़ी है ज़्यादा कचड़ा नहीं है साफ़ सुथरे चांस हैं ये ठीक है ये इस वीक का है गुरुवार तक ठीक है देख लेना और ये शुक्रवार का है जिसमें ग्यारह तारीख है वन थ्री और सेवन है तो दस तारीख हाँ ग्यारह तारीख़ का है आज जो है छः सौ सत्तर पैनल दिया है ये ग्यारह तारीख से आगे पीछे ओके तो आप अपने हिसाब से मिलाइए इसको ठीक है तो बहुत सारी हैं मेरे पास जो मिलती है मैं डाल रहा हूँ बाईस तारीख चार सात एक तेईस तारीख चार छः नौ चौबीस तारीख में दो सात जीरो और पच्चीस तारीख में पाँच ठीक है फिर ये सैटरडे और संडे रहेगा 28 तारीख से स्टार्ट या 28 तारीख वाले वीक में वन दिया हुआ है ठीक है 29 तारीख में 780, 30 और 31 तारीख में 135 दिया हुआ है तो फिलहाल इस बुक में इतनी है दोस्तों ज़्यादा तो होती नहीं है चार चार गेम एक डेट पर रहते हैं तो तीन चार पेज में ख़त्म होती है अगेन देख लीजिए जिन भाइयों को स्क्रीन लेना है ले लीजिए मिलाना है मिला लेना आगे काफ़ी चांस बाकी हैं क्योंकि आज से 10 तारीख है 11 तारीख का ये दिया हुआ है वन सेवन अगेन ठीक है न कि शनिवार का दिया हुआ है शनिवार का रविवार का फिर सोमवार से ये बिक्री चालू है इस तरह ये पूरे मंथ की वो कंप्लीट होती है तो बेस्ट ऑफ लक